चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन बन रहा है दुर्लभ शुभ योगापना समय और घट स्थापना समय हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है प्रत्येक वर्ष दो नवरात्रि पर्व मनाए जाते हैं एक चैत्र मास में और दूसरा शारदीय मास में हिंदू पंचांग के अनुसार 22 मार्च 2023 से चैत्र नवरात्रि का शुभारम्भ हो रहा है जिसका समापन तीस मार्च दो को होगा बता दें इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन पर अत्यंत शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है जिसमें माँ दुर्गा अपने भक्तों के घर पधारेंगी बता दें हर साल चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि आरंभ हो जाती है नवरात्रि के इन नौ दिनों में माँ दुर्गा के नौ प्रमुख स्वरूपों की पूजा की जाती है आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि शुभ मुहूर्त घट समय और संयोग हिन्दू पंचायत में बताया गया है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का शुभारम्भ इक्कीस मार्च 2023 सुबह दस बजकर दो, दो मिनट पर होगा और इसका समापन 22 मार्च 2023 रात्रि आठ बजकर बीस मिनट पर हो जाएगा ऐसे में घट स्थापना 22 मार्च 2023 को किया जाएगा इस घट स्थापना मुहूर्त छह बजकर उनतीस मिनट से सुबह सात तक है मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करने से सभी दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है अनुसार पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ माना जाता है इस दिन शुक्ल योग और ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है ब्रह्म योग बाईस मार्च को सुबह नौ से तेईस मार्च सुबह छह तक रहेगा और शुक्ल योग 21 मार्च को रात्रि बारह बजकर बयालीस मिनट से अगले दिन सुबह नौ बजकर अठारह मिनट तक रहेगा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ योग में पूजा पाठ करने से साधक को इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है और सभी दुख दूर हो जाते हैं शास्त्रों के अनुसार घट स्थापना के लिए साधक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए और कलश की स्थापना ईशान कोण में करनी चाहिए